नहीं गैस आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे अंदर ब्लॉक वीडियो में तो गैस आवाज़ अच्छी तरह से नहीं आएगा शायद क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया और मैं रोड के सामने अब ब्लॉक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उतना साउंड बढ़िया नहीं आएगा तो हमारा गाड़ी वही है अब हम लोग दुर्गा माता का प्रतिमा लेने जा रहे हैं ठीक है थीके? तो ढिका है यहाँ से थोड़ा दूर ही है तो एक बुलेरो पिकअप जा चुका है अब ये गाड़ी जाएगा और उसके बाद वहाँ से फिर दूसरा एरेंज होगा ही नहीं पता नहीं है तो चलिए मैं दिखाता हूँ ठीक है ये यहाँ से स्टार्ट जाना है ठीक है वहाँ से जब तक प्रतिमा लेंगे पूरा वीडियो दिखाऊंगा ठीक है आप लोगों को वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल ना बोले और आवाज़ अच्छी तरह से नहीं आया तो एडजस्ट कर लेना गए तो वहाँ जाके मैं थोड़ा रोड का सीन दिखाऊंगा उसके बाद आप लोग वहाँ का पड़ती में दिखाऊंगा ठीक है और यहाँ लेके पूरा दायन कर लूँगा तो चलेगा क्योंकि तो हम लोग अभी ये रिकाचुली टाउन पहुंच गए तो अभी आ, हमारा लोकेशन आ गया है ज़्यादा दूर नहीं है अब थोड़ी देर बाद में पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम लोगों का दुर्गा माता का प्रतिमा की मूर्ति ऑर्डर किया है ठीक है तो थोड़ी देर बाद पूरा दिखाऊँगा आप लोग ऑफिस तो चलिए दिखाता तो हूँ आगे भी तो कैसे हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ था यहाँ गोरकुंडा साइड से ठीक है यहाँ से रिकाचुल्ली तक हम वन निकले थे उसके बाद हम लोग पहुँच गए थ्री के आस तो चलिए आगे दिखाता तो, हूँ ठीक है न... तो कैसे हम लोग फाइनली पहुँच गए तो यहीं से यहीं से प्रतिमा उठाएंगे ठीक है आप बाहर भी देख सकते हैं और इधर भी मतलब पूरा इधर बहुत सारा है मैं अंदर का दिखाऊंगा ठीक है तो अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा ठीक है ये बाहर का प्रतिमा देख सकते और हमारा जो है मैं अंदर जाके दिखाऊंगा आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ बैक कैमरे से ठीक है और सही जगह पर लोकेशन पर पहुँच गया अभी Okay, I'll go तो वैस आप लोग देख सकते हैं यहाँ दुर्गा माता का प्रतिमा क्या बढ़िया तरीके से निकलेंगे ठीक है टेक्निक से आप लोग देख लीजिए वीडियो में ठीक है इस तरह से चलिए दिखाता हूँ मैं दुर्गा माता का यहाँ दीघा चुली सब निकलेंगे और जब टाइम देख सकते फाइव थर्टी थ्री हो चुका है और घर पहुँच के पूरा सीन दिखाऊंगा रात को ही पहुँचेंगे हम लोग फाइनली yeah. पहुंच गए 847. फोर्टी फाइनली हम लोग पहुंच गए तो बहुत टाइम लगा जब आते समय प्रतिमा लेके क्योंकि स्लो लाना पड़ता है और बहुत दूर था सो बहुत लेट हो गया तो देख सकते हैं गैस अभी आ, पहुंच गए अभी सारा प्रतिमा को उतरा उतारेंगे और उसके बाद सही जगह पे रख देंगे और कल पूजा होगा शायद उसके बाद जिस दिन मैं पूजा करने जाऊंगा उस दिन एक ब्लॉक बनाऊँगा ठीक है हमारा गाँव का दुर्गा पूजा तो चलिए आज का ब्लॉग यही समाप्त करता हूँ अगर ये आप ब्लॉग वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ना ब्लॉग वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय